हेलो दोस्तों मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने टेक गाइडेड रितेश चैनल में आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप खुद पर ज़्यादा भरोसा रखें तो दोस्तों इसको इस तरह समझते हैं आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ एक बार की बात है एक शहर में एक लड़का रहता था स्कूल से आने के बाद वह अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था उसके पिता एक घोड़े के अस्तवल में काम करते थे अस्तवल मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत सारे घोड़े रहते हैं उस प्लेस को अस्तवल कहते हैं वह लड़का रोज़ ही देखता और सोचता था कि किस तरह उसके पिता इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है वो रोज़ देखता था कि किस तरह उस अस्तबल का मालिक समाज में खूब इज्जत पाता है एक दिन उसके स्कूल में उसके शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लेख लिख लाने के लिए कहा उस लेख में सभी बच्चों को यह लिख लाना था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उसके सपने क्या हैं अब इस लड़के ने रात भर जग एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा जिसमें उसमें लिखा कि वह बड़े होकर एक अस्तवल का मालिक बनेगा जहाँ बहुत सारे घोड़े प्रशिक्षण लेंगे और और आगे अपने सपने को पूरे विस्तार से बताते हुए उसने दो एकर के अपने सपने वाले फ़ोटो भी बना डाले अगले दिन उसके पूरे मन से अपना लेख शिक्षक को दे दिया शिक्षक ने सभी कॉपियाँ जाँचने के बाद परिणाम सुनाया उस लड़के के लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए उसके कॉपी में बड़े अक्षरों से फैल लिख दिया अब लड़का टीचर के पास गया और पूछा आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए और फेल क्यों कर दिया टीचर ने कहा अगर तुम भी बाकी बच्चों की तरह एक मोटा छोटा लेख लिख लिख लेते तो तुम पास हो जाते लेकिन तुमने जो लिखा वो पूरी तरह से असंभव है तुम लोगों के पास कुछ नहीं है इसलिए तुमने लिखा है ऐसा ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ तुम कल दूसरा लेख लिख लाना जिसमें कोई वास्तविक लक्ष्य बना लेना घर जाकर लड़के ने बहुत सोचा लेकिन उसे कुछ और बनने का विचार ही नहीं आ पाया अगले दिन उस टीचर के पास जाकर कहा आपको जो भी मार्क्स देने हो आप दीजिए लेकिन मेरा तो यही सपना है मुझे कुछ और नहीं बनना है मैं अपना सपना बदल नहीं सकता 20 साल बाद उस लड़के ने सचमुच अपना सपना पूरा कर लिया तो दोस्तों भरोसा दूसरों पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे लेकिन भरोसा खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं फरिश्ते पंछियों के पास कहाँ होते नखते फिर भी ढूंढ लेते हैं सभी रास्ते अगर हम सब कुछ करने की ठान लें और बिना विचलित हुए पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने में अपना सारा ध्यान लगा दें तो हमें अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता सिर्फ अपने मन में खुद के प्रति कोई शंगा नहीं होनी चाहिए ये हर जगह लागू होता है चाहे आप एक स्टूडेंट हो बिजनेसमैन हो चाहे आप जॉब करते हैं आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा तो बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी आप खुद पे भरोसा रखिए तो सपने सच ज़रूर होते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो कहीं ना कहीं आपके दिल को टच किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाय बाय टेक केयर